अपने कठिनाइयों के पलों में कभी घबराएं नहीं क्योंकि याद रखें असली खुशी कठिनाइयों के बाद ही आती है याद रखिए जब वक्त बुरा होता है तभी आने वाली खुशी भी दुगनी होती है क्योंकि तभी हम उनकी कीमत का अंदाज़ा लगाकर दुगनी मेहनत करने को तैयार होते हैं मेहनत और मुशक्क़त के दिन भी कुछ मिले ना मिले पर अगर लोगों से तसली के दो बोल मिल जाएं तो दिल को सुकून दे जाती है ऐसे में अगर आपके साथ कोई नहीं है तो अपना साथ कभी ना छोड़े याद रखें ऐसे लोग जो बुरे वक्त में अपना साथ नहीं छोड़ते और खुद को तसलियाँ देते हैं ऐसे लोग एक दिन अपने पीछे एक बड़ा काफिला खुद ही बनाते हैं तकलीफ के दिनों में अगर अपने भी गैर हो जाए और खुशी में वही शामिल हो जाए तो याद रखें ऐसे दोगले लोगों के लिए अपने सपने कभी ना छोड़े प्यार में मिला धोखा और प्यार में मिले दुख जैसे वक्त के साथ धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं वैसे एक दिन तकलीफ के दिन भी पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं बदलना तो प्रकृति का नियम है तो इस भ्रम में कभी मत रहिए कि आपके कठिन वक्त सिर्फ कठिन है आपके कठिन ऐसे ही चलेंगे क्योंकि बदलना तो प्रकृति का नियम है। एक है एक एक साइकोलॉजिकल फैक्ट कहता जो आप पर हंसते हैं वो इंसान दिन खुद की इस यादत और घमंड को लक्षण से सबसे ज्यादा मुंह के बल गिरते हैं इसलिए याद रखें जो हंसता है उसकी हंसी उसे हंसने दे आप वही करें जो आपको सही लगता है जाते जाते तीन आखरी टिप्स जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो तीन टिप्स यही हैं अपनी तुलना किसी से नहीं अपनी कमी सबसे नहीं और तीसरी अपनी बनाई योजना प्लानिंग की चर्चा हर किसी से नहीं तब तक के लिए धन्यवाद ब बाय टेक केयर और पसंद आने पर इस वीडियो को अपना लाइक कमेंट और शेयर जरूर दीजिएगा धन्यवाद